छतरपुर में सरपंच ने रोजगार सहायक को गोली मार दी बताया जा रहा है रोजगार सहायक का पंचायत के काम को लेकर सरपंच से विवाद हुआ था और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि सरपंच ने रोजगार सहायक को गोली मार दी इस अपराध में अन्य तीन लोग भी शामिल हैं हमले के बाद घायल रोजगार सहायक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसका इलाज जारी है मामला चाची सेमरा का है जहाँ पंचायत के किसी काम को लेकर पंचायत के रोजगार सहायक बाबूलाल आदिवासी का विवाद सरपंच से हुआ था और धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि सरपंच ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर रोजगार सहायक को गोली मार दी गोली मारने के बाद सरपंच सहित चारों आरोपी फरार हो गए गोली लगने से रोजगार सहायक वहीं गिर गया जिसके बाद उसे पहले बकसवा सामुदायिक केंद्र लाया गया लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से रोजगार सहायक को इलाज के लिए दमो जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया वहीं रोजगार सहायक की शिकायत पर पुलिस ने सरपंच मलखान लोधी सहित अन्य तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है ये अपनी दर पर गंभीर हालत में रात में बारह बजे के समथिंग आए हुए थे जबकि इनका गोली लगने का जो समय लगभग सात से आठ के बीच में बताया जा रहा था चूँकि उनके दाहिने पैर पे जो अपना देसी कट्टा होता है उसके माध्यम से गोली चलाई गई थी बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें तो उनके लिए नहीं आई हैं लेकिन फिर भी उनके लिए एज ए प्रिकॉशनरी ताकि कोई छरे वगैरह अंदर ना रह जाएँ तो उसकी वजह से उनके लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था वहाँ पर जो रोजगार सहायक हैं बाबूलाल आदिवासी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि उनको कुछ लोगों ने गोली मारी है और चूँकि कंडीशन सीरियस थी तो इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दमोह चले गए नियर बाय जो हॉस्पिटल था वहाँ से हमारे पास देहा जिसमे चार आरोपी है मलखान लोधी लोकमान चरण और भान सिंह चार के खिलाफ एफ आई आर रजिस्टर की गई है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का